हाय फ्रेंड्स मैं मैं हूं हूं विजय कुमार आपको बताने जा रहा हूं कि गन्ना का घोषणा पत्र किसानों का घोषणा पत्र पर्ची के लिए घोषणा पत्र कैसे भरें तो फ्रेंड हमने कुछ इसमें आवेदन कर रखा है ये जैसे कि आपको यहां से डालेंगे अपना साइट को खोल के मेराठ आएगा मेरा, मेरा जैसे कि कोई भी अपना किलोनी जो भी अपनी फैक्ट्री है जो भी सा भी उसको चॉइस करेंगे और यहाँ पे अपना विलेज कोड डालेंगे यहाँ पे अपना किसान कोड डालेंगे और व्यू करेंगे व्यू करने के बाद मोबाइल नंबर भी चेक करना पड़ता है कस्टमर का कौन सा लगा हुआ है तो उसके लिए ये देखने के लिए इस, इस पे क्लिक करना पड़ता है तो इस यहाँ पे मोबाइल नंबर से हो जाएगा यहाँ से कॉपी करो कॉपी करने के बाद यहाँ पे जब रिव्यू डाटा करोगे तो वहां से मोबाइल का ऑप्शन आएगा उसे पेस्ट कर देंगे पेस्ट करने के बाद आपको ये रिव्यू आपको दिखाई दूं मैं करके कि मोबाइल नंबर ये हो गया यहाँ पे पेस्ट कर दिया जाएगा पेस्ट करा और इसमें अकाउंट नंबर डल जाएगा नाइन एट तेपन एरा हमने कुछ डाटा अभी चढ़ाया था और जो एक दो रह रहा है वो मैं तुम्हें करके बता रहा हूँ कि कैसे हम करेंगे इसको और ये जैसे कि फराद ली हमने यहां से और उसका खाता संख्या ले लिया यहां से कॉपी करा यहाँ पेस्ट कर दिया खाता संख्या यहाँ गाटा नंबर पूछ रहा है घाटा नंबर हमारा ये हो गया एक कॉपी करो पेस्ट कर दो यहाँ पे अपना घाटा का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो घाटा का क्षेत्रफल ये रहा कॉपी करो पेस्ट कर दो दोसेंट है इसका हमें ये लगाना पड़ेगा एक दो तीन चार पांच पांच व्यक्ति है तो 25 परसेंट हो गया है वो 20 सॉरी 20 परसेंट बीस पंजे सौ ठीक है ना पांच व्यक्ति है बीस तो इनके क्षेत्रफल इतना शेष इनके जमीन हेक्टर का रकबा अब हम इसको कितना पेडी जिसकी पौधा ज्यादा है उसे पौधा में चढ़ाएंगे जिसकी पेडी ज्यादा है उसकी अब इसकी पेड्डी है मैं पेड़ी में डाल रहा हूँ पेडी का क्षेत्रफल इतना हो गया और इसको यहाँ से दो चुन लेंगे और ऐड कर देंगे ये इस तरीके से यहाँ पे अड़तीस आ जाएगा ऐड हो जाएगा ठीक है जी ये रहा। तो ऐसी हम दूसरी फरद निकाल लिया अब इसका रकबर चढ़ाएंगे इसमें हमने घाटा संख्या डाल दिया है और इसमें हम अपना रकबा नंबर चढ़ाएंगे कॉपी करेंगे और कितना रकम है मैंने चढ़ा दिया चलो दोबारा पेश कर दिया हमने यहाँ कहीं और हम इसका खाता संख्या ले लेंगे कॉपी करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे इसको खतौनी संख्या में जो खाता संख्या होती है हमारी इसको लेगा ये हुआ और कितने परसेंट है ये ये दस परसेंट में आएगा कैसे निकाला हमने परसेंट हमने ऐसे निकाला कि एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस व्यक्ति है इसमें दस के दस दम सो होते हैं इसलिए इनके हिस्से में दस परसेंट भी कुल जमीन आती है ठीक है जी तो हम इसको कॉपी करेंगे यहाँ से इनकी पेड़ी ही ज्यादा है तो हम पेड़ी में चढ़ाएंगे क्षेत्रफल पिड्डी का एड कर देंगे ये आगे ऐड हो गया तो फैन इस इसको हम यहाँ से सबमिट कर देंगे ये इस तरीके का आगे बढ़े इनपुट हो गया सबमिट ये आपको इस तरीके से सबमिट होकर जैसपोर्ट देखने को मिलेगा और बस आपको यही बताना था कि घोषणा पत्र कैसे भरे इस प्रकार से आप घोषणा पत्र भर सकते हैं हमारी वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करें